दूसरी चीज बुरी आदतों को छोड़ना अगर कुछ अच्छा चाहिए तो बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ अच्छी आदतों की ओर बढ़ना है तो बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा इसीलिए सक्सेसफुल होने के लिए जो आपकी बुरी आदतें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी बुरी आदतें मतलब क्या क्योंकि हर किसी के लिए बुरी आदतों के अपने ही डेफिनेशनस होते हैं किसी को बुरी आदत बुरी लगती ही नहीं उनकी हैबिट लगती है उनके लिए वो एक प्लेजर है लेकिन जो चीज़ें आपके सक्सेसफुल होने के रास्ते में बीच में आती है एक ऑब्स्टिकल बनती है आपको आगे बढ़ने से रोकती है वो आपकी बुरी आदत होती है तो ध्यान दें, ऐसी कौन सी हैबिट्स है आपकी ऐसे कौन से बिहेवियर पैटर्न है आपके जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं और उन चीज़ों को जल्द से जल्द अपनी लाइफ से अलग करें